नमस्कार दोस्तों रहस्य टीव में आपका स्वागत है बिनू नाम को दुनिया भर के दर्जनों देशों के 8000 से अधिक छात्र प्रविष्टियों में से चुना गया है जो कि एक सक्रिय क्षुद्र है 11 सितंबर 1999 में एक सर्वे के दौरान लीनियर के द्वारा एक एस्ट्रॉइड की खोज हुई दोस्तों 23 सितंबर 1999 को डीप स्पेस नेटवर्क रेडार अमेजिंग के जरिए इस एस्ट्रॉइड की तस्वीरें खींची गयी जो की उस समय धरती के काफी करीब ऐसी गुजरा था एक एस्ट्रॉइड जो आगे चलकर हमें हमारे भविष्य के अस्तित्व के बारे में बताने वाला था इसका नाम रखा गया बेनू वन जीरो वन नाइन बेनू नाम जो कि एक बर्ड के नाम से रखा गया था आखिरकार ये बेनू यानी कि एस्ट्रॉइड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो कि हमारी धरती को तबाह कर देगा आइए जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम ऐसी मिल्की वे गैलेक्सी अरबन सितारो और अरबन सौर का घर है उन्हीं में ऐसी एक हमारा सौर जहाँ एक मिलीग्राम में बसती है हमारा जीवन लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है वो है कि आखिरकार ये धरती सूरज ये चंद्रमा ये सब बने कैसे थे आइए दोस्तों हम निकल पड़ते हैं एक अद्भुत सफर पे पिछले कुछ दशकों में हमारे सौरमंडल का राज काफी विकसित हुआ है हमारे सौर का जन्म कैसे हुआ होगा लेकिन क्या दोस्तों हम अपने इन अनुमानों को सिद्ध कर सकते है क्या हम इन्हें प्रमाणित कर सकते है बेनु वन 11 सितंबर नाइन को लाइनर प्रोजेक्ट द्वारा खोजे गए अपोलो समूह में एक कार्बोनेट क्षुद्र है यह एक संभावित खतरनाक वस्तु है अपने विस्तारित तागाम हाथ के साथ मिश्र के देवता जैसे दिखता था जिसे आमतौर पर बगुले के रूप में दर्शाया जाता है इसका नाम बेनू के नाम पर रखा गया है जो प्राचीन मिश्र का पौराणिक पक्षी है जो की सूर्य सृष्टि और पुनर्जन्म से जुड़ा है बेनू का व्यास 490 मीटर यानी 1610 फीट 0.30 पॉइंट मील है दोस्तों आप इस तस्वीर के माध्यम से आकलन लगा सकते हैं कि बेनू कितना बड़ा हो सकता है रोटेशन की बात करें तो बेनू की धूरी अपनी कक्षा में 178 डिग्री झुकी हुई होती है बेनू की सतह पर एक प्रमुख 10 से 20 मीटर बोल्डर के साथ काफी चिकनी आकृति थी बेनू के केमिकल और नेचर की पढ़ाई कर हमें ये जान सकते है की शुरुआती दौर में सौर की रचना कैसे तैयार हुई इसका आकार एक लट्टू के समान है जो करीब चार पॉइंट तीन घंटों में अपने एक्सिस को एक चक्कर पूरा लगाता है लेकिन बेनू की स्पीड समय के साथ साथ बढ़ते ही जा रही है योरप इफेक्ट के कारण जो कि सूरज से आने वाले थर्मल फोटोस के मोमेंट के कारण होता है जो कि इसके बदलने के साथ साथ हमारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है बेनू करीब दो मीटर चौड़ा है इस आकार का एस्ट्रॉइड पूरे एक शहर को तबाह करने की ताकत रखता है अगर गलती से भी बेनू धरती से टकरा गया तो यह हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है परंतु आप घबराए नहीं इसमें अभी बहुत समय है फिलहाल आप भी बेनू की पढ़ाई करने में लगे रहें। 2135 में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी से यानी चांद जितनी दूर से ये निकल जाएगा और फिर सितंबर इक्कीस में जब ये फिर ऐसी धरती के करीब आएगा तब चौबीस में ऐसी एक प्रोविब्रिटी रहेगी ये धरती ऐसी टकरा जाएगा इस क्षुद्र का बदनाम पी 1999 RQ36 लाइनर होगा आशा करता हूँ बेनू क्या है पता चल ही गया होगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा अपडेट्स दे देता हूँ इसरो तथा डी यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया शक्ति मिशन हमें हमारे विश्व को चौथा ऐसा देश बनाता है जो एंटी सेटेलाइट वेपन रखता है यानी अब इंडिया केवल वाटरलैंड या एयर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी दुश्मनों को आसानी से पछाड़ सकता है उनके स्पाइन सैटेलाइट को तबाह करके तो दोस्तों इसरो की इस, इस कामयाबी के लिए इस वीडियो में एक लाइक तो बनता ही है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें अगर आप नए विवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेलाइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरे नए आने वाले वीडियो को आसानी से देख सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद